सास है जब तलक ना रुकेंगे कदम चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे जान प्यारी है नहीं वतन है हमें वतन से हमें मरते मरते सभी को बता जाएंगे अवतन वतन वो जवान जो खून को जलाती नहीं ओ वतन के लिए रंग लाती नहीं हम गुलामी में क्यों जियेंगे सोच सोचकर रात भर नींद नहीं आती है देखिए आप आरबी स्टूडेंट लोग आप जब जाइए और करी मेहनत और आप करिए हम यूटूब प्लान क्लासेज फर्स्ट के पर आशीर्वाद सरू जो आप लोग के लगातार मेहनत कर रहा हूं इस बार जॉब आप लोग के लिए फिक्स करा देंगे हेलो स्टूडेंट आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए और करी के साथ हमारे चैनल पे लगातार बनते रहिए और हमारे चैनल प्लानेट क्लासे फर्स्ट यहाँ पे लिखा है उसको सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए बेल आइकन दबा दीजिए थैंक यू जय हिंद बेस्ट ऑफ लॉक फॉर आर्मी एग्जाम और, और में आप लोग लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें भी काम देगी पहला प्रश्न देखिए जिज्ञासा के साथ पढ़िए पहला प्रश्न देखिए जिस अधातु का उपचमकता है वह है ए में देखिये सल्फर बी में फॉस्फोरस सी में आयोडीन डी में ब्रोमीन। आर्मी जवान आप लोग जल्दी से बताइए इसको कमेंट में जल्दी से आर्मी जवान इसको बताइए ठीक है आप लोग जवाब सही आ रहा है इसका आंसर फर्स्ट का सी हो जाएगा आयोडीन अब चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पर अब दो नंबर देखिए यहां पर इनमें से किस औषधि को लॉ ड्रग कहा जाता है ए में देखिए एक एम एस्किलीन डी में एमडीएम सी में डेक्सट्रो डेक्सट्रो डेक्सटोम डी में, में केटामाइन जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए यहां पर ठीक है ठीक है आप लोग जवाब सही आ रही है दो का बी हो जाएगी क्या हो जाएगा एमडीएम अब यहां पे तीन नंबर देखिए निम्नलिखित में से अजीब आदमी कौन सा है ए में पीतल बी में आम नमक सी में गन्ना डी में पानी यहां पर तीन का ये हो जाएगा पीतल सॉरी एक यहाँ पे बात हम लोग का आप समना भूल गए हैं यह हम जो केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का हम वीडियो लेकर आए हैं और आपको के लिए बताने जा रहे केमिस्ट्री का जो प्रश्न है चार नंबर देखिए निम्नलिखित में से किसे रासायनों का राजा कहा जाता है ए में देखिये नाइट्रिक एसिड बी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एस सी एल सी एल सी में सिल्वर नाइट्रेट डी में सल्फ्यूरिक एसिड इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए ठीक है ठीक है अजय का सही आ रहा है बेस्ट ऑफ ब्लॉक आर्मी चार का डी हो जाएगा सल्फ्य एसिड अब आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर पाँच नंबर प्रश्न देखिए प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी ए में हो जाएगा डाल्टन बी में कैविडनस सी में एवगार्ड्रो डी में बेंजेलियम बेंजेलियम पांच का आंसर आप लोग बोलिए जल्दी से ठीक ठीक सभी का सही आ रहा है और जय आप फंस गए आपे पांच का डी हो जाएगा विंजेलियम ठीक है आप लोग जोश के साथ तैयारी कीजिए और करी मेहनत कीजिए ताकत और देखिए छ नंबर प्रश्न न्यूटन की खोज किसके द्वारा की गई थी ए में यहाँ पे चारिक बी में मैडम क्यूरी सी में वेकर डी में एस्टन यहाँ पे छे का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा चार्डविक के द्वारा न्यूटन की खोज की गई थी ए हो गया पर नंबर देखिए एथल अल्कोहल और पानी के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है यहाँ पे ए में हो जाएगा वास्पीकरण बी में ऊंच बनाने के लिए क्रिया सी में हो जाएगा एक अलग फनल का उपयोग डी में हो जाएगा आंशिक आसवन यहां पे हो जाएगी सेवन का डी हो जाएगी आंशिक आसवन ठीक है सबका आंसर सही से है सेवन का डी हो जाएगी हम इस वीडियो को जल्दी से खत्म करते हैं देखिए आवर्त सारणी का दिग्ग रूप किस पर आधारित है ए में हो जाएगी परमाणु संख्या बी में संयोजकता सी में परमाणु दरमियान डी में परमाणु त्रिजिया आठ के देखिए क्या हो जाएगी आठ के आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए ठीक है सबका आंसर सही आ रहा है ये हो जाएगी परमाणु त्रिज्या। बहुत लोग फंस रहे हैं वहां देखिए आठ का ये हो जाएगा परमाणु त्रिज्या। त्रिजिया नौ नंबर देखिए शब्द से बेस को हम लोग क्या कहते हैं ए में न्यूट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अब नाइन का आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए कमेंट में भिजा तुम तो फिर भी फंस गए नाइन का आंसर यहां पर सी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलाइकन दवा दिए नए नया वीडियो पाने के लिए दस नंबर देखिए समस्थानिक की संख्या में भिन्न होती है दस में समस्थानिक की संख्या में भिन्न होती में प्रोटॉन, बी में न्यूटोन सी में इलेक्ट्रॉन डी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दस का हो जाएगा जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए सबका सही आ रहा है बहुत बच्चे फंसे यहाँ पे दस का देखिए न्यूटोन होगा दस का न्यूटोन बन गए हो तुम आर्मी लवर आप लोग जिंदगी बन गए तो हो तुम किसका जिंदगी बन गया है किताब के दीवाने हो जाइए आप लोग आपकी दुनिया दीवाने हो जाएगी जब आप जॉब करके आएगा ना अपने गांव में तो आपको लोग वाह वाह करेंगे और आपको अपने घर में स्थान देंगे बैठने के लिए आप जब नौकरी नहीं ना करिए तो आपको कोई कुत्ता के बराबर नहीं पूछेगा समझिए यहाँ पर जॉब करके गाँव में आइएगा ना तो आपको कुछ कुछ अलग सा फील होगा ईगारे नंबर देखिए यहाँ पर रेडियम रेडियम को रेडियम को पृथक किया जा पृथक किया गया था रेडियम को पृथक किया गया था ए में गैलेना बी में डोलामाइट सी में सिलवन डी में पिच ब्लैड का डी हो जाएगा पिच पे बारह नंबर चलते हैं वास्तविक गैसों को अंतर्गत आदर्श बनाने की प्रविष्टि होती है ए में कम दाब और उच्च तापमान बी में कम दाब और कम तापमान सी में उच्च दाब और कम तापमान डी में उच्च दाब और उच्च तापमान ठीक है आप लोग आंसर सही आ रहा है ठीक है ठीक है आप लोग कमेंट वो कम कीजिए तोरा यहाँ पे देखिये बारह का आंसर क्या होगा आप लोग का सही आ रहा है बारह का यह हो जाएगा कम दाब और उच्च तापमान बारह का ये आप लोग लिख लीजिए तेरह नंबर प्रश्न देखिए यहां पर प्रश्न है, संयुक्त गैस कानून समीकरण है ए में पी वन वी वन टी वन पी टू वी टू टी टू बी में पी वन बी वन टी टू पी टू वी टू टी टू टी वन सी में हो गया पी वन पी बराबर पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री सी में छूट गया आपर, में है देखिए यहां पर डी में मारिएगा बराबर पी टू प्लस पी फोर प्लस पी वन इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का तेरह का बी हो जाएगा पी वन टी टू बराबर पी टू बी टू टी वन हो जाएगी ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर गार्डरो संख्या का मान होता है ए में देखिए छह दशमलव जीरो टू तीन गुना दस के पावर या गुना दस बाईस हो जाएगी बी नंबर है एक गुना दस माइनस चौदह सी में हो जाएगा सी ए एल छह गुना दस, माइनस छी में देखिए छ दशमलव जीरो दू तीन गुना दस तेईस हो जाएगी एक हजार तेईस आप लोग आंसर जालीस कमेंट में सबका सही आ रहा है दस का यहाँ पर डी हो जाएगी डी हो जाएगा डी में क्या आंसर दिया हुआ छः दशमलव जीरो दू तीन गुना एक हजार तेईस दस का डी हो जाएगा अब आगे चलिए सॉरी यहाँ पर पिछले वाला प्रश्न को नंबर नहीं कांचे? कर दे को का नंबर का हो होता है में दे पर्मानु के, पर्मानु दरबान को बढ़ाता है बी में परमाणु के परमाणु द्रबान को कम करता है सी में नाभिक पर चार्ज बढ़ाता है डी में नाभिक पर चार्ज कम होता कम देता है यहाँ पर पंद्रह का आप लोग का ये हो जाएगा परमाणु के परमाणुओं दरमान को बढ़ाता है यहाँ पे पंद्रह का हो जाएगा पहला नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन एक हाइलोजन है ए में रेडॉन बी में एस्टैटिन सी में सीजियम डी में रूटानियम यहाँ पे सोलह का आंसर बी हो जाएगा एस्टैटिन आप लोग कमेंट करिए कृपया हम जल्दी से करते हैं सत्रह नंबर निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? ए में तीन, बी में में में चांदी, सी डी आर्सेनिक। का जल्दी बोलिए। क्लास में जितने स्टूडेंट है कृपया शांति बनाकर रखिए और यहां पर जो बता रहे उसको नोट करिए और समझिए सत्रह का बी हो जाएगा चांदी सॉरी गलती यहां पर सत्रह का डी हो जाएगा सत्रह का डी लिख लीजिए सॉरी गलती से कहा गया सत्रह का डी आर से हो जाएगा अठारह नंबर एक अधातु जो विद्युत का कुचालक है ए में देखिए ग्रेफाइट बी में फास्फोरस सी में सल्फर डी में आयोडीन अठारह के यहां ये यह हो ग्रेफाइट ग्रेफाइट बार एक तत्व जो पानी के नीचे संरक्षित है वह है ए में सोडियम बी में लाल फॉस्पोरस सी में सफेद फॉस्फोरस डी में सल्फर आप उन्नीस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सफेद फॉस्फोरस नंबर यहां पर की लाइन का सूत्र है ए में सी डी में सी एन ओ एच डी में एन ए टू सी ओ थ्री यहां पे बीस का ए हो जाएगा सी ए ओ बीस का ए हो गया अब आगे चलते हैं देखिए हिपो इज हिपो है हाँ, ए हो गया सोडियम नाइट्रेट बी में हो गया पोटेशियम नाइट्रेट सी में हो गया सोडियम थायोसल्फेट डी में हो गया अमोनियम क्लोराइड आप देखिये इक्कीस का क्या हो जाएगा आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट में इक्कीस का यहां पे सी हो जाएगा सोडियम ठाईस सल्फेट बाईस नंबर देखिए यहां पे फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक है फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक है ए में अमोनियम डाई बी में कॉपर सल्फेट सी में मैग्नेशियम सल्फेट डी में सोडियम ठाईस सल्फेट यहाँ पर देखिए बाईस का क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग आंसर बताइए बाईस का डी हो जाएगा सोडियम ठाईस सल्फेट हमारे चैनलवा के लोग जल्दी से सब्सक्राइब करना लीजिए आप लोग के लिए यहाँ ऑफर चल रहा है आर्मी लवर के लिए तेईस नंबर देखिए नमकीन का एक समाधान है ए में पानी में सोडियम क्लोराइड बी में शराब में आयोडीन सी में कार्बन डाई सल्फाइड में सल्फर डी में पानी में पोटेशियम आयोडाइड पे का आप लोग क्या मारिए सबका सही है आप तुम्हारा गलती हो गया बहुत गलती आ रहा है यहाँ पे देखिये तेईस का ये हो जाएगा तेईस का ये हो जाएगा पानी में सोडियम क्लोराइड तेईस का ये आप लोग मारिए देखिये यहां पर निम्नलिखित में से कौन एक विरंजक एजेंट है ए में देखिए पोटेशियम क्लोराइड बी में हाइड्रोजन परोक्साइड सी में कॉपर सल्फेट डी में सिल्वर नाइट्रेट यहां पर चौबीस का बी हो जाएगा हाइड्रोजन प्रोक्साइड अब आगे चलिए नंबर देखिए फिटकीरी का प्रयोग किया जाता है ए में एक एना, एना लैसिक के रूप में बी में पानुक पानी के शुद्धिकरण में सी में उर्वरक के रूप में डी में एक कीटाणुनाशक के रूप में यहां पे पच्चीस का बी हो जाएगा पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है पिटकी का प्रयोग पच्चीस का बी हो जाएगा बाकी छब्बीस नंबर चंद्र है ए में कैल्सियम सल्फेट बी में अमोनियम क्लोराइड सी में कास्टिक सोडा डी में सिल्वर नाइट्रेट यहाँ नाइट्रेट। प्लांट फर्स्ट जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और फेसबुक इंस्टाग्राम पर जल्दी से शेयर कीजिए इसको सत्ताईस नंबर देखिए अब यहां पर सत्ताईस प्रश्न गन्ना चीनी का सूत्र है ए में सी सिक्स एच सिक्स ओ सिक्स बी में सी टू एच टू सी टू एच फाइव ओ एच सी में सी ट्वेल्व एच बाईस ओ ग्यारह डी में सी सेवन एच एट ओ छू हो जाएगी यहाँ पे सत्ताईस के C हो जाएगा सी ट्वेल्व एच बाईस और ओ ग्यारह इसका आंसर सी आप लोग मार लीजिए अट्ठाईस नंबर निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है ए में मैग्नेशियम रिबन को हवा में जलाना बी में पानी का आसवन सी में गन्ना चिन्नी का ताप डी में सीमेंट का स्थापना अट्ठाईस का आप लोग क्या मारिएगा तो पाने का आसवन मारिये अट्ठाइस का बी अब उन्तीस प्रश्न देखिए परमाणु बम में में होने वाली प्रक्रिया है ए परमाणु संलयन बी में, में रेडियोधर्मी विघटन सी में परमाणु विखंडन डी में रासायनिक अपघटन यहा तो 29 का आप लोग सी करिए परमाणु विखंडन उन्तीस का सी हो जाएगी परमाणु बम होने वाली प्रक्रिया होती है परमाणु विखंडन। अब यहाँ पे 30 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक अधातु नहीं है ए में लिथियम बी में हीलियम सी में सोडियम डी में कोबाल्ट। या तीस के आप लोग आंसर करिए जल्दी से 30 के बी हो जाएगा हीलियम। एच -E, जिसका संकेत हम लोग एच ई -E लिखते हैं -E हीलियम, हीलियम इसका होती होती होती है एक होती है दो होती है, हाइड्रोजन नंबर नंबर नंबर पे देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है ए में एक सुखाने एजेंट के रूप में एक सुखाने एजेंट के रूप में बी में एक, एक, एक रेफ्रिजरेटर के रूप में सी में एक एसेटिक के रूप में डी में एक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में पे बी हो जाएगी एक रेफ्रिजरेटर के रूप में तीस नंबर देखिए एक जलता हुआ पदार्थ जो कार्बन डाइऑक्साइड के एक जार में जलाता रहता है वे है ए में जाता है B में लाल फास्टफोर C में मैग्नेशियम D में सल्फर यहां पे 32 के C हो जाएगी मैग्नेशियम जिसका सूत्र होता है MgO जीओ ऑक्साइड 32 के यहाँ पे C हो जाएगा अब आगे चलिए नंबर प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक है A में एसिटिक एसिड B में म सी में यूरिया डी में मीथेन। यहां पर तेतीस के सी हो जाएगी यूरिया, के C, यूरिया। सी चौतीस नंबर देखिए मार्बल है ए में कैल्सियम कार्बोनेट है बी में सोडियम कार्बोनेट है सी में मैग्नेशियम सल्फेट है डी में फेरिक क्लोराइड है यहां पर चौतीस का क्या हो जाएगा कमेंट में बताइए ठीक है चौतीस के हो जाएगा कैल्शियम के कार्बोनेट हो का कैल्सियम कार्बोनेट नंबर देखिए, केवल कार्बन और पैतीस नंबर केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक कहलाते हैं पैतीस के में कार्बोहाइड्रेट बी में कार्बाइट सी में हाइड्रोकार्बन डी में कार्बो कार्बोनिक्स डी में अब आप पैतीस का आप लोग डी रेस्टोरेंट आप लोग पैंतीस का क्या करिएगा सी लगा दीजिए हाइड्रोकार्बन पैतीस का सी हो जाएगा हाइड्रोकार्बन छत्तीस नंबर देखिए यहां पर चीनी के रंगीन विलियन में प्रयुक्त कार्बन का रूप है ए में लकड़ी का कोयला बी में पशु चारकोल, सी में नारियल लकड़ी का कोयला डी में दीपक काला यहां पर छत्तीस का आप लोग क्या करिएगा ठीक है आप लोग आंसर सही आ रहा है छत्तीस का बी कर दीजिए पशु चारकोल छत्तीस का बी अब सैतीस नंबर कृत्रिम हीरो का क्रिम हीरे का उत्पाद किसके द्वारा किया गया था सैंतीस में बी में डेवा सी में फेराडे डी में मेरी क्यूरी यहां पे सैतीस का आय हो जाएगी मोइसन मोइसन प्रश्न आर्मी वाले के लिए अब यहां पर नंबर देखिए मार्स गैस है अड़तीस के मार्स गैस है ए में में में एस में मीथेन मीथेन बी एथिलीन सी एस डी के क्या आप लोग मारिएगा मार्स गैस है ठीक है इसका डी दी कर दीजिए मिथेन को प्लानेट क्लासे फर्स्ट को, को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए नंबर उनचालीस नंबर यहां पे देखिए सबसे पुराना है ए में इरिया, में में में D में बी बी मीथेन सी एसिड डी बेंजीन यहां का आप क्या करिएगा सी मार दीजिए का एसिड नींद हमारी पिया तूने चुराई आ छुपा है पिया तूने हर जाए मेरी चट्टी जवानी तरफ तू वादा वाना वादा ना टूटे कोई मेरे तेरे प्यार में चल बैठे तेरे यादों में धरक निंद हमारी तू ने चुरा लिया है तो रखिए सिरका का व्यापारिक नाम है ए में क्लोरो बी में एसिटिक एसिड सी में फिनॉल डी में कार्बनिक टेट्राक्लोराइड या यहाँ चालीस के बी हो जाएगी एसिटिक एसिड के बी हो जाएगी एसिटिक एसिड इस नंबर देखिए प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक योगी के यूरिया का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक था या पे इकतालीस के ए में वोहलर बी में डाल्टन सी में लवेजेरियर डी में फीसन यहाँ पे इकतालीस के ए हो जाएगी वोहलर इस नंबर देखिए यहाँ पर मिठाइलेट स्प्रिट किसका मिश्रण है ए में मिथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड बी में मिथाइल अल्कोहल और एसिटिक अल्कोहल सी में एथिल अल्कोहल और पायरिस पायरेडीन डी में मिथाइल अल्कोहल और पायरिडीन यहाँ पे बयालीस के आप लोग कर दीजिए बी करिए बयालीस के बी क्या है मिथाइल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल है बयालीस के बी अब यहाँ पे तैतालीस नंबर तैतालीस निम्नलिखित में से किसका पीओ खाद पर परिरक्षक के रूप में किया जाता है तैतालीस नंबर देखिए क्या क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद परिरक्षक के रूप में किया जाता है यहां पर में फिनोल बी में धोने वाला सोडा सी में पूर्ण शराब डी में सिरका यहां पर तैतालीस के डी हो जाएगी सिरका उवालीस तो नंबर निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा है ए एने टू COCl ओ सी एल इंटू में एन C में एन ए टू में एन एच फोर सी आई यहाँ पर चवालीस के B हो जाएगा एन एच आंसर हो जाएगी इसका नंबर कार्बन चक्रता है में में हवा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद किया जाता है अब यहां पर पैंतालीस के डी में देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ाता है यहाँ पे पैंतालीस के ये हो जाएगा पैंतालीस के हो जाए क्या चाहिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग स्थिर रहता है पैंतालीस का ए आप लोग मारिए छियालीस नंबर सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है ए में बंजीन बी में मीथेन, सी में इथेन डी में ब्यूटेन यहाँ पे छियालीस के बी हो जाएगा मितेन मितेन का रासायनिक सूच सी होती है प्लान फर्स्ट के को जल्दी से लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चालीस नंबर देखिए सैतालीस नंबर कीनवन के दौरान उप उत्पाद है में ए में एथिल अल्कोहल बी में मिथाइल अल्कोहल सी में कार्बन मोनोऑक्साइड डी में कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे सैतालीस के डी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड अड़तालीस नंबर यदि लोग बंद कमरे में सोते हैं जहां कोयले की आग जल रही है तो वो किसके कारण मर जाता है ए में देखिए ए में कार्बन मोनोऑक्साइड बी में कार्बन डाइऑक्साइड सी में मीथेन डी में फो फोसडीन आप लोग इसका आंसर क्या दीजिएगा जल्दी से कमेंट में दीजिए बहुत लोग का गलती आ रहा है अरेन कैसे हो जाएगा आप लोग ऑप्शन अरे धुआ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो इसलिए आप अड़तालीस के हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड हो होगी अड़तालीस के नंबर देखिए अब कार्बोजन का उत्पाद में किया जाता है कार का उत्पादन किया जाता है ए में सीओ टू का विशाखता बी में सीओ विशाखता सी में फोजिन विशाखता डी में संज्ञा हरण या फिर उनचास हो जाएगी बी आंसर सीओ विशाख्ता हो जाएगी उन्चास के बी पचास नंबर देखिए सोडा वाटर में होता है ए में सोडियम कार्बोनेट बी में सोडियम कार्बोनेट ए में सोडियम बाइकार्बोनेट बी में सोडियम कार्बोनेट सी में कार्बोन कार्बोनिक एसिड डी में सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पे पचास का क्या हो जाएगी सी हो जाएगी कार्बोनिक एसिड पचास का सी हो जाएगा जय हिंद हमारे चैनल का नाम यही है सब्सक्राइब दी चैनल प्लान क्लासेज फर्स्ट के इतना पूरा लिखिएगा आप लोग यहां पर से आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब पर हमारे चैनल को जल्दी से कोच का सब्सक्राइब कर दिया बेल बेलाइकन दे नए नए वीडियो पाने के लिए या फिर आर्मी का महा चल रहा है जो आप लोग बताने जा रहे और भी कॉम्पिटेटिव यहाँ का तैयारी करवाई जाती है फीलिंग है आर्मी जंग के मैदान में तू बाजी अरे इसमें बाजी करके लाना है इंडियन आर्मी थैंक मत जाएंगे